वेलकम बैक दोस्तों सिक्स इलियन मोरा गैम्बिट दूसरा पार्ट आपके लिए हाजिर है दोस्तों गैम्बिट लाइन में एक पॉन्ट सेक्रीफाइस करके हम लोग खेलते हैं अटैक लेने के लिए और डेवलप जल्दी हो जाए इसके लिए और पोजिशनल प्ले में गैम्बिट ज्यादा काम में नहीं आती हमें पोजिशनल प्ले नहीं सिर्फ अटैकिंग के लिए खेलना है और दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मतलब एक पॉन देने के बाद आपको पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है वाइट से तो आप पॉन सेक्रीफाइस करके खेल सकते हो मोरा गेम्बिट में कुछ ऐसा ही है तो चलिए शुरू करते आगे के वेरिएशंस वेरिएशंस लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे आज मैं और भी वेरिएशन बताने वाला हूं तो मोरा गैम्बिट लोर और सी फाइव देन डी c6 d4 c3 c3 knight c3 d6 knight दो बार हमारी पॉन मूव के बाद हमने एक पॉन लॉस किया है दोस्तों अब आप देख सकते हो कि आपका क्वीन साइड का नाइट अर्ली डेवलप हो चुका है और सेंटर भी आपके कंट्रोल में है जहां की ब्लैक के कोई पॉन्स या पीस बाहर नहीं है इतने मूव के बाद नाइट c3 के बाद ब्लैक खेल रहा है d6 ये मेरे हिसाब से परफेक्ट मूव है ब्लैक के लिए मोरा गंभीर का रिप्लाई ज्यादातर e6 या d6 से दिया जाता है d6 सिक्स यहां पर आप खेलेंगे बिशफ c4 नाइट c6 अब जब भी नाइट c6 निकलता है तुरंत ही आपका रिप्लाई होना चाहिए नाइट f3 थ्री यहां नाइट f6 ये थोड़ी सी मिस्टेक है और एक बात और भी आपको बताऊंगा कि बिशअ जी फाइव भी मिस्टेक है यहाँ पे क्योंकि बिशअप टेक्स एफ सेवन चेक देव चेक आप सिंपल ये सेक्रीफाइस देख सकते हो तो बिशअ जी फाइव भी नॉट पॉसिबल नाइट एफ सिक्स मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिप्लाई होता है मुरग एम्बिट के ई सिक्स लेकिन यहां पे आपको ब्लैक की क्या क्या गलतियां हो रही है यही मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं मेरे सारे वीडियो में वन बाय वन कुछ न कुछ मूव में ब्लैक ने कहा मिस्टेक की है वही आपको ढूंढना है यहां पे नाइट एफ सिक्स के बाद ई फाइव दोस्तों ई फाइव पॉन या नाइट इंटरपोन दो ऑप्शन है नाइट टेक्सपोन में आपको मिल जाएगी क्वीन जैसे कि नाइट टेक्स ई फाइव बिशप टेक्स ई फाइव देन बिशप एफ सेवन सेक्रीफाइस किंग टेक्स बिशप और सिंपल व्हाइट विन द क्वीन तो ये बहुत ही शॉर्ट पोजिशन मतलब शॉर्ट वेरिएशन था ई फोर सी फाइव उसी का हम दूसरा व्यूज देखते हैं डी फोर सी डी फोर सी थ्री डी सी थ्री नाइट सी d6 सिक्स यहां पर आपको खेलना है बीसफ c4 फोर नाइट सी आप खेलोगे नाइट f6 सॉरी नाइट f3 एंड दे ब्लैक नाइट f6 दोस्तों लास्ट टाइम की तरह सेम मिस्टेक ब्लैक ने की है यहां पे आप e5 करते हो कई बार ये पॉन टेक्स पौन करता है नाइट की वजह से तो पॉन टेक्स पौन में यहां भी ब्लैक लॉस है क्विंटेक्स डी एट आफ्टर नाइट एक्स डी एट देन नाइट बी फाइव अब देखो वन बाय वन आप थ्रेट पे थ्रेट दोगे नाइट सी सेवन चेक फोर्क की थ्रेट है तो रुक रुकबी एट फोर्स मूव है नाइट सी सिक्स में यहां पर डेंजर हो सकता है नाइट एफ सेवन और सिंपल आपको रुक मिल रहा है सॉरी और रुक बी एट ऑनली डिफेंस अब यहां पे आपको खेलना है नाइट क्रॉस ई फाइव ई सिक्स क्यों ई सिक्स क्योंकि नेक्स्ट मूव में नाइट सी सेवन चेकमेट है तो e6 किंग के लिए जगह बनाई नाइट c7 चेक किंग e7 और यहां पे एक वेटिंग मूव आएगा बिशफ ई का नेक्स्ट मूव में बिशअप सी फाइव चेक उसके बाद ब्लैक खेलेगा नाइट c6, सिक्स लॉन्ग कैसल नाइट सेक्रीफाइस नाइट टेक्स फाइव बिशप सेटमेंट तो एक्सेप्टेड डेवलपिंग द बिशप ऑन जी सेवन में नया वेरिएशन बताऊंगा मोरा गैम्बिट एक्सेप्टेड ऑन बिशअप ऑन जी सेवन मेरे साथ तो दोस्तों बहुत सारी गेम्स ऐसी हो गई है सीसी में कुछ लोग बीजी सेवन करके खेलते हैं कुछ लोग डी सिक्स ई सिक्स खेलते हैं मैं बहुत सारी गेम में आ, मतलब बहुत ही अग्रेसिव खेल चुका हूं और बहुत ज्यादा विन भी है मेरी ई फोर सी फाइव डी फोर सी डी कोर सी थ्री डी सी थ्री नाइट सी नाइट सी नाइट एफ थ्री यहां पे बिशअ सी फोर बिशअप जी सेवन ई फाइव बहुत ही एक्सलमिशर मार्क वाला मुंह है काफी अच्छा मूव है नाइट क्रॉस ई फाइव नाइट क्रॉस ई फाइव बिशप टेक्स ई फाइव F7 चेक, किंग क्रॉस एफ सेवन देन क्वीन किंग फाइव में नाइट सिक्सिबल आ रहा है उसके बाद बहुत ही डेंजर हो जाएगा ब्लैक के लिए बिशअप बचाने के चक्कर में किंग एफ सिक्स अच्छी मूव नहीं है तो यहां पे इसका रिप्लाई है डी सिक्स क्वीन टेक्स बिशप दिस रूप नाइट एफ सिक्स शॉर्ट कैसल डी सिक्स ट्वीन ई टू रूक इट बीस जी फाइव डी फाइव डी फाइव फोर सुन दोस्तों वरना नाइट ई फोर आके वाइट इमीडिएटली विन कर रहा है तो डी फाइव स्टॉप डीन ई फाइव नाइट जी फोर क्वीन एफ फोर चैक फोर्स नाइट एफ सिक्स रूक एफ ई वन किंग जी सेवन इनिंग में से हटाएगा तो आर ए डी वन और यहाँ पे a6 a6 ए जरूरी है वरना नाइट b5 फाइव आके नाइट d6 थोड़ा परेशान करेगा तो a6 a6 ए सिक्स ऑल्सो मूव क्योंकि नाइट एक्स d5 फाइव वेलकम अब देखो इसमें e takes d5 अगर होता है तो सिंपल रुक टेक्स रुक देन क्विंटेक्स और सिंपल क्वेन इन f6 तो टेक्स डी फाइव नॉट पॉसिबल नाइनटीन टू डी फाइव बी नॉट पॉसिबल नाइनटीन टू डी फाइव में क्वीन ई फाइव चेक और उसकी हम क्वीन मार लेंगे या फिर रूप भी मिल रहा है तो यहाँ पे ऑल वेरिएशन में वाइट विनिंग है आगे देखते हैं दोस्तों जी सिक्स विषव जी सेवन वाले वेरिएशन में एक और वेरिएशन है ई फोर सी फाइव C3, थ्री Knight C3. दोस्तों मेरे सभी वीडियो बैक टू बैक में मोराग के ऊपर ही बना रहा हूँ तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा लर्निंग करने के लिए क्योंकि सभी वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको अर्ली जो क्वीन साइड डेवलपमेंट है उसके बारे में इस साइड हमने देख रहे हैं कि बिश अब वाला जो ब्लैक का अटैक है उसके सामने हम क्या सीखेलेंगे तो वन बाय वन आपको सभी भूल सभी वेरिएशन मिल जाएंगे इफ नाइट से थ्री के बाद नाइट से सिक्स एज यूजुअल नाइट एफ थ्री जी सिक्स कई लोग ये मिस्टेक करते हैं जैसे कि ये बीस सी फोर पहले करते हैं लेकिन नाइट से सिक्स होने पर बीसीएफ सी फोर काम नहीं आएगा पहले नाइट एफ करना होगा वरना नाइट ई आ जाएगा तो नाइट एफ देन जी ध्यान रख के खेलना है एक एक मुंह बाय मुह कई बार मुहर बदलना पड़े तो बदल देना अपने हिसाब से और सामने वाले का जो भी थ्रेड है उसे पहले स्टॉप कर दो बी जी सेवन देन ई नाइट एच एक ये भी वेरिएशन है ताकि नाइट एक्स ई वो कर सके बाद में बीस एफ, एफ सेवन नहीं आता है तो नाइट एक्स सिक्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हम सिंपल कैसलिंग कर लेंगे अब नाइट इन टू ई फाइव फिर नाइट इन टू ई फाइव बिश्ट और सेम पोजीशन, पोजिशन बिश्ट यहां पे वाइट प्लस हो रहा है इन अर्ली ई फाइव इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड ये बुक में ऐसा लिखा है कि जल्दी ई फाइव करने से ऑलमोस्ट ब्लैक बेड है ब्लैक के लिए वो देखते हैं e4 c5 d4 फाइव डी फोर सी इंटू डी फोर सी थ्री डी नाइट टेक सी और यहां ब्लैक ने अर्ली e5 कर तो अर्ली ई फायर क्यू बैड है क्योंकि e6 होना चाहिए बिशअप जो c4 पे है उसे स्टॉप करने के लिए e6 अच्छा मुंह होता है पर ई करने के बाद ये पूरा लाइट हो जाता है ब्लैक के लिए तो ई का एडवांटेज हमें लेना है बिशअप c4 पहले खेल लो बाद में ब्लैक खेलेगा d6 नाइट f3 h6 अब h6 सिक्स क्योंकि नेक्स्ट थ्रेट है नाइट जी और इसके ऊपर प्रेशर डालने का तो इसीलिए ब्लैक को एच खेलना पड़ रहा है अब ये दिस मूव लोसिस इंस्टेंटली मतलब तुरंत इस मु से वाइट uh, जीत रहा है देखिए बिशअप सेक्रीफाइस बिशअप इंटू एफ सेवन रिलियंट मू आफ्टर किंग टेक्स एफ सेवन नाइट क्रॉस ई चेक ये पॉन टेक्स नाइट नॉट पॉसिबल क्वीन टेक्स डी सिंपल है तो यहां पे किंग एफ सिक्स नाइट डी फाइव चेक किंग इनटू टू ई फाइव देन क्वीन एच फाइव चेक जी फाइव क्वीन एफ सेवन शअप C6 सिक्स यहां बिशअ सेक्रीफाइस चेक कॉन्टेक्स बिश क्विंटेक्स एफ फोर चेक किंग डी फोर धैन क्विं चेक किंग सी फोर क्यू थ्री चेक किंग डी ए फोर चेक किंग e5, फाइव देन चेकमेट बाय एप तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया है चैनल को तो सभी वीडियो आप देख सकोगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात